मैयर विधायक नारायण त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है त्रिपाठी ने कहा सहारा इंडिया में बहुत oh सारे गरीबों के पैसे जमा है गरीबों का पैसा वापिस मिलना चाहिए महर विधायक नारायण त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर सहारा इंडिया से निवेशकों का पैसा वापस दिलाए जाने की मांग की है विधायक त्रिपाठी ने लिखा है की बहुत सारे गरीबों ने एक एक पैसे का पैसा वापस मिलना चाहिए। का पैसा वापस की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 दखल न्यूज़